आगरा के शमशाबाद क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण का मामला किसानों ने किया सड़क चौड़ीकरण का विरोध विभागीय अधिकारी ने सूचना दी होती तो उस दायरे में फसल की बुआई नहीं होती किसानों का कहना है नुकसान को लेकर किसानों ने की मुआवजे की मांग सड़क के निर्माण कार्य को रुकवाया सड़क चौड़ीकरण में किसानों की फसल हो रही थी बर्बाद थाना शमशाबाद क्षेत्र के कोलारा खुर्द गाँव का ये मामला है किसान धर्मवीर विजयपाल मानसिंह वीरेंद्र जितेंद्र कुमार कलाल दीक्षित भीमसेन राधेशम काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए एन पब्लिक भारत आप देख रहे थे एन पब्लिक भारत एन पब्लिक भारत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम विजयपाल सिंह है सिंह है मैं सिर्फ सरकार ऐसी ये निवेदन करता हूँ या हमें पंद्रह दिन पहले अवध करा दिया जाता तो हम अपने आलू की बुवाई नहीं करते और ये आलू के कट्टे दो हजार कोई ढाई हजार रुपये के कुंटल के हिसाब से आ रहा है वो हमने इसमें बो दिया है उसका हमें मुआवजा मिले या कुछ सरकार कुछ तो कही हमसे यहाँ आके ठेकेदार से हमने बात की तो वो ये कह रहा है कि सरकारी जगह है इसमें कोई कुछ नहीं हो सकता है तो इसलिए हमने उसे रोक दिया है अभी हाल फिलहाल में आलू की मतलब फसल पे नुकसान हो रहा है उसके लिए हमें मुआवजा मिले इसलिए हमने रोक दिया है सड़क चौड़ी सड़क चौड़ी हो रही है इसको रोक दिया है कौन सा गाँव गाँव कोलारा खुर्द है खुद है यहाँ से डॉकी से रोड आ रही है किसानों को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया अभी तक के इतनी चौड़ी हो रही है ये इतनी हमारी जगह सरकारी जमीन इतनी है और हमारे किसानों की कितनी ज़मीन जा रही है कुछ नहीं बताया किसानों को केवल वो तो अपनी जे भी चला रहे हैं किसी के आलू जा रहे हैं किसी के आलू की सभी की फसल खड़ी है गोभी की फसल खड़ी है किसी की कोई सुनाई नहीं हो रही है वह तो मात्र अपना मट्टी उठा रहे हैं ना मट्टी का कोई मतलब के सरकारी जमीन से उठा रहे हैं कि खेतों से उठा रहे हैं इसका कुछ मुआवजा दिया जाए या ना दिया जाए किसान बहुत ही असमंजस में है मेरा यह कहना है कि किसानों की जमीन का अगर ये प्रयोग कर रहे हैं तो किसानों को उसका हक मिलना चाहिए किसानों को पूर्ण रूप से उनका मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि जमीन उपजाऊ उपजाऊ मिट्टी जा रही है मेरे ये डॉकी से रोड आ रहा है मड़ी कोलारा खुद क्यावा होते हुए जा रहा है फतेहाबाद वाले रोड पर जा रहा है जी खेतों में कंदी कर रहे हैं खेतों में बहुत गहरी कंदी कर रहे हैं और खंदियों में उपजाऊ मिट्टी है एक चीज लेबल करने में वो चली जाएगी उपजाऊ आलूओं को नुकसान करते हुए जा रहे आलू निकल आया है उपजाया है दो हज़ार पैकेट का बीज लग रहा है उस, उसमें नुकसान करते हुए जा रहे हैं कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है ठेकेदार से नहीं बात की ठेकेदार आ जाए ही नहीं है यहाँ पर ना कोई सुनवाई की है ना कोई बताया कितनी सीमा तक रोड जाएगा ना कोई सर्टिफिक वो कागज वगैरह नहीं दिखाएँ हम जो चाहते हैं हमको मुआवजा मिले हमारे खेतों कंदी नहीं हो अपनी मिट्टी लाएँ अपनी मिट्टी डालें